हेलो दोस्तों आज मैं ऐसे तरीके बताऊंगा यूट्यूब में यूट्यूब चैनल क्रिएट करके महीने में पंद्रह से बीस बीस हज़ार रुपया कमा सकते हो कैसे कमांगे तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा आप लोग वीडियो स्किप मत करना मैं जैसे जैसे, जैसे स्टेप बताऊंगा सिर्फ ऐसे ऐसे करके आप लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट करोगे तो आप लोग का महीने में पंद्रह से कु रुपया कमा सकते हो तो चलिए दोस्तों कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको यूट्यूब जो ऐप है उसको ओपन करना है ओपन करने के बाद इधर देख रहे हो लोगों तो इन लोगों को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो इधर इधर टास्क करना है टास्क करने के बाद प्लस आइकन देख रहे हो तो प्लस आइकन को क्लिक करना है प्लस आइकन को क्यों क्लिक करना है ये मैं जो आपको न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करना के पहले आपको एक जी आईडी क्रिएट करना है जीमेल आप एक जेनुन जी आईडी क्रिएट करके एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो मैं पूरी तरीके से बताऊंगा तो मेरा वीडियो स्टेप बाई स्टेप देखो इसकी मत करना देख रहे हो द क्रिएट अकाउंट ठीक है क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करके आप देख रहे हो फॉर माई सेल्प तो फॉर्म आई सेल क्लिक करना है इसके बाद आपका फास्ट नेम आपका चैलेंज का नेम जो होगा उसका नेम पहले इधर डालना है तो आप लोग इधर डाल सकते हो प्लीज सब्सक्राइब नाम डालता हूँ ठीक है तो आप लोगों का जो चॉइस है नाम आप लोगों का जो जेन्यन नाम है से नाम सिर्फ वही नाम डालना है इधर ठीक है तो मैं प्लीज सब्सक्राइब डालता हूँ डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप में आ रहा हूँ तो देखो इधर आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सही तरीक़े से इधर डालना है तो मंथ पहले डाल रहा हूँ डेयर सही तरीके से डालना है जेंडर कुछ सही तरीके से डालना है बाद में नेक्स्ट में क्लिक करना है नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद इधर आ, आ गया क्रिएट जी मेल एड्रेस आपको पसंद में कोई जी मेल एड्रेस डालना डाल सकते है तो इधर डालना है और नहीं तो आपको मोबाइल यूज़ करना है तो इधर जो यूज़ देख रहे हैं मु, यूज़ मोबाइल तो इधर क्लिक कर करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली जी मेल आ जाएगा तो देख सकते हो यस नंबर इधर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको जी आईडी क्रिएट हो रही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए हाँ जो मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो मैं जो भी ऐसा हाँ, ऐसा हाँ वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको काम में आ जाएगा तो देख सकते हो इधर मोबाइल नंबर इधर मोबाइल नंबर आपको मोबाइल से जो ऑन है वो मोबाइल नंबर इधर डालना है लेकिन क्योंकि इधर जो आपको वेरीफिकेशन ओ टी आएगा तो उसके बाद आपको जीमेल आइडी क्रिएट होगा मैं ने नेक्स्ट में क्लिक करूंगा नेक्स्ट में क्लिक करके इसको करके आई एग्री में क्लिक करना है क्लिक करके एक बार इसको जेन्यन एक पासवर्ड डालना है जैसे कि आप आपको चॉइस है वो पासवर्ड इधर डालना है मैं पासवर्ड डाल दिया बाद में नेक्स्ट में क्लिक किया तो मेरा जिम एन क्रिएट हो गया अभी देख रहा हूँ कैसे कि जिम जेनुन चैनल यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो स्टेप बाई स्टेप मेरा फॉलो करना है मेरा स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है कैसे है कि जेनुन चैनल क्रिएट करना है ठीक है इस्टेप फॉलो करो मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो okay. तो मेरा आईडी क्रिएट हो गया तो मैं यूट्यूब चैनल में डायरेक्टली जा रहा हूँ इधर देख सकते हो प्लीज़ सब्सक्राइब नो चैनल इधर देखा रही है नो चैनल अभी तक कोई चैनल नहीं है तो मैं चैलेंज क्रिएट करूँगा तो कैसे चैलेंज क्रिएट करूँगा सबसे पहले आपको बताऊँगा जो आपका मोबाइल फ़ोन है मोबाइल फ़ोन का जो ऊपर में लोगों देख रहे हैं इसको क्लिक करना है इधर में क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आएगा ईयोर चैनल ठीक है ईयोर चैनल में क्लिक करना है ईयर चैनल में क्लिक करने के बाद आएगा आपको इधर देख सकते हो क्रिएट चैनल ठीक है क्रिएट चैनल आपका नेम चैनल का नेम ये रखना है तो ये रखो नहीं तो इधर चेंज कर सकते हो तो मैं चेंज नहीं करूँगा मैं यही रहूँगा चैनल क्रिएट करने के लिए क्रिएट चैनल को क्लिक करना है इधर क्लिक करने के बाद आपको चैनल क्रिएट हो जाएगा यस मेरा चैनल क्रिएट हो गया मेरा चैनल क्रिएट हो गया ऑलरेडी तो मैंने इस वीडियो उधर देख रहे हो क्रिएटिव वीडियो वीडियो अपलोड करना है वीडियो अपलोड करने के बाद मेरा चैनल में वीडियो देखा देगा तो आप लोग ऐसे जेनुन से यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो मेरा वीडियो जो बताया ऐसे ऐसे फॉलो करके आप लोग जेनुइन से यूट्यूब चैनल क्रिएट करके महीना में पंद्रह से बीस हज़ार कमा सकते हो तो आप लोग मेरा इस्ट फॉलो करके यूट्यूब चैनल क्रिएट करो और ज़रा जो मैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए मैं आपको लिए लेके आऊँगा कैसे वीडियो वायरल करना है कैसे टैग यूज़ करना है कैसे थम्बेल यूज़ करना है कैसे लोगों देना है सब कुछ बताऊँगा पूरी तरीक़ा से तो इतना